ये है हमारे पास में एक पॉपकॉर्न और आज हम दो लोगों के बीच में होने वाला इसका तो है इसका बहुत ही भयंकर चैलेंज तो हमारे पास में दो पॉपकॉर्न की ना पाउच पाउच है इसमें बहुत सारे पॉपकॉर्न तो होते तो हैं है। और जो भी इसको पहले, पहले खाएगा वो ही भी देता है तो इस गेम की खास बात ये है कि जो भी पॉपकोर्न नीचे या माटी में जरूर नीचे पड़ जाता है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा यानी अमान्य हो जाएगा और इसको हमें इस प्रकार से खाना है कि ये काफी मोटे होते हैं हमारे शरीर में कई जगह कोई नुकसान कर दिया तो हमारे स्वास्थ्य को भी हानिकारक तो इसे गेम स्टार्ट तो तो होता है अभी लेकिन कैमरा मैन आप हमें बताएंगे की कौन बिजेता है ठीक है? है आप पहले एक दो तीन बोल दो फिर हम गेम को स्टार्ट कर देंगे एक दो तीन गेम तो शुरू स्टार्ट हो गया क्या लगती लकी लकी इतना सलो चल रहा है और सनी क्या यार सनी हो ऊँ आज मुझे लगता है सनी जीतेगा गेम तो तो आपने जगह देखा मेरे सबसे पहले मैच जीता और कैमरा मैन कैमरा मैन आप बताओ सबसे पहले किसने खाया सनी ने खाया तो कैमरा मैन अब आप बताएंगे कि इस लकी की सजा क्या होनी चाहिए सनी को पद्धि लेके पड़ेगा। मेरे को वहाँ तक पद्दी लेकर चलना है पद्धे बोले तो पीठ के ऊपर बिठा के लेकर चलना है ये होती है तुम्हारी सजा स्टार्ट चल बेटे चल इधर से पहले इधर इधर से इदर से पहले तो इधर से कूद तो आप देख सकते हैं कि ये सजा भोग रहा है और मैं कॉन्टेस्ट को जीत चुका हूँ जैसे भी ये ये मेरी घोड़ी है देखो देखो देखो भाई देखो भाई जल्दी जल्दी जल्द जल्दी चल अरे जल्दी जल जल्दी जल्द जल, जल, जल, जल, जल, जल। ये ये घोड़ी इधर अटक गई है तो मुझे वहां तक लेकर जाएगी कैसा लगा हमारा वीडियो लाइक वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइबा बटन अवश्य लाइक पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा